की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बस इतनी कृपा करना बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए बस तो उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल नजर आए उज्जैन में पहुंचू हो बाबा भरता तुम्ही बाबा बिकारी हूँ का और तुम हो मेरे दादा मेरी दुआ में इतना तो असर आए किशन की दुआ में इतना तो असर आए मैं दुख में जो रहूँ तो मैं दुख में जो रहूँ तो बाबा को खबर जाए उच्चेन में पहुँचू तो वहां पहुंचू तो महाकाल उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल उज्जैन में पहुंचू तो, तो महा हर एक नजर बाबा रहा तेरी दिहारे देखूँ जिधर जिधर भी सब तेरे ही गुण गुड़गाए ऐसे गर्म करूं मैं बाबा को पसंद आए उज्जैन में पहुँचू तो उज्जैन में पहुँचू तो महाकाल नजर आए उज्जैन में पहुँचू तो महाकाल उज्जैन में पहुंचू तो महाकाल उज्जैन में पहुंचू तो महा जिन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 पहुंचू तो महाकाल